हमारा न्यू चैनल में नया नया वीडियो लाता हूँ सी एस पी रिलेटेड नया अपडेट खबर पाने के लिए हमारा न्यू चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए किसी को कस्टमर सर्विस पॉइंट खुलना हो तो मेरा ये वीडियो को ज़रूर देखना सी एस का अपडेट खबर है अभी राजस्थान गुजरात छत्तीसगढ़ तीनों साइट पे अभी सी एस पी अवेलेबल है किसी को चाहिए तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हो और भी एक चीज़ है जो फ्री में दे देना चाहता हूँ मेरा ग्राहक को जो मेरा वीडियो देख रहा है सभी को सभी के लिए एक ऑफर है अभी बिजनेस का आईडी बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट आई बिल्कुल फ्री में मिल रहा है मेरा डेस्क्रिप्सन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है को व्हाट्सअप कर सकते हो मेरा वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए पास से बेल आई के नोटिफिकेशन को जरूर डबाइए नहीं तो मेरा बहुत सारा बिजनेस के रिलेटेड बहुत सारा ए के रिलेटेड वीडियो ला लाता हूँ तो आप